kuchera या yeah. हां गलत बंदा है और एक समय काले की बा हो देन उठाई थी ना ले फिर कह doctor <laughs> तो कर दन तो है नहीं दिन तरने का और जल्दी जल्दी चलो शक्ति